यहाँ पर हो गया असली कांड मतलब अपने साथ न आगे वाले बंदों के साथ ये देखो हुक्म ने अभी अभी अपन के सामने ब्लू वोल लगा दिया ये सब आप देख रहे हो पर आगे जाके देखो यार ये के सामने आ चुका है उसके अपन पूरी की पूरी लगा देंगे वाट मतलब लगा दी है भाई लोग इसे पूरा खत्म करेंगे और लाश बंदा जो आप के सामने है उसे भी आप को पहनना है मतलब पहनना है दो बंदे एक नौक होगा चलो अब इसकी बारी है इसको आप को पहनना है मतलब पहनना है कुछ भी करके उससे पहले आप लोगों को करना पड़ेगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब वीडियो को यार अब ग्लोअल तोड़ के इसे पहनना पड़ेगा तो चलो ग्लोअल तोड़ देते और इसे भी खत्म कर देते चलो इसका काम भी हो चुका है खत्म तो बाई लोग तो दीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब